अब खत्म हुआ। राम सेतु का रिलीज़ हो जय रिलीज श्री राम पर खत्म यह टीजर काफी दमदार रहा और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अक्षय कुमार इस टीजर में राम सेतु को बचाने निकले उनके पास इस ऐतिहासिक ब्रिज को बचाने के लिए सिर्फ तीन दिन का समय है आखिर रामसेतु क्यों खतरे में है और कौन है वो जो रामसेतु के पीछे पड़ा है क्या अक्षय कुमार इस मिशन को पूरा कर पाएंगे ऐसे कई सारे सवाल आपके भी जहन में आए होंगे पर अब हमें इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है 25 अक्टूबर को